ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता नाम तो बता तेरा नाम तो बता तेरा नाम तो बता नीले नीले अंबर पर जब प्यार परसाई हम तो तरसाई गुलाबी आखी तो I, it's the happy.